सभी साथियों का आज की वीडियो में स्वागत करता हूं आज एक छोटा सा आलेख लेकर आया हूं उम्मीद करता हूं आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कहीं ना कहीं प्रेरणा सूत्र के रूप में उभरे कुछ कैरेक्टर्स को फिर से दोहराने की बात इसमें कही गई है एक बार ही इसको थोड़ा सा हम सुन लेते हैं पहले फिर उसके बाद में देखते हैं क्या नतीजा हम निकाल पाते हैं क्या बात करते हैं चलिए ध्यानपूर्वक सुनिए हवा में लहराते एक हाथ में भल्ला दूसरे हाथ में हेलमेट अब तक आप लोग इतना तो समझ ही गए हो इस लाइन से कि हम कहीं ना कहीं क्रिकेट से जुड़ी हुई कोई आ, स्टोरी की बात कर रहे हैं कोई ना कोई आ, किसी घटना की हम जो है वो बात करने वाले हैं चलिए हवा में लहराते एक हाथ में बल्ला दूसरे हाथ में हेलमेट एक सुकून के साथ अपने लम्हे को जीते यूसुफ पठान आप लोग यूसुफ पठान को जरूर जानते होंगे इंडियन क्रिकेट टीम में रह चुके हैं वर्ल्ड कप का हिस्सा रह चुके हैं खिलाड़ी आज अखबारों में छपी इस तस्वीर को मैं बार बार पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं बार बार ये तस्वीर मुझे बहुत साल पीछे ले जाती है कहीं 1990 के आसपास मुझे खींचकर ले जाती है लगभग 20 साल पीछे यादों का कारवा एक झटके से चेन्नई के चेपक से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम का रुख करता है यूसुफ पठान के अंदाज में मेरे सामने खड़े मुझे दिखाई देते हैं उस समय के बहुत बड़े हीरो रहे विनोद काम्बली उन्नीस के फरवरी महीने का आखिरी दिन चल रहे थे ग्राहम गुज की अगुवाई में इंग्लैंड की टीम सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच खेल रही थी मैच के चौथे दिन लंच के करीब विनोद काम्बली अपना दोहरा शतक पूरा कर चुके इस मुकाम पर पहुंचते ही विनोद काम्बली ने बल्ले को बार बार हवा में लहराया फिर यूसुफ पठान की तरह उनका बल्ला और हेलमेट ड्रेसिंग रूम और पवीलियन की तरफ रुककर ठहर गया एक ठहरी हुई तस्वीर में तब्दील होता हुआ मेरे लिए ये तस्वीर हमेशा हमेशा के लिए ठहर चुकी काम्बली की इस पारी में शतक से दोहरे शतक के बीच महज आंकड़ों में ही एक मंजिल हासिल नहीं की, इन रनों के की एक नई से रूबरू होने का मौका मिला बात तीसरे दिन की करते हैं तीसरे दिन सो रनों से पार करते हुए विनोद कांबली कुछ देर के लिए भूल गए थे कि उन्हें टेस्ट में अपना पहला शतक पूरा किया है वे इस मंजिल तक पहुंचने की खुशी को जाहिर ही नहीं कर पाए या कुछ देर के लिए वो इस क्षण को चूक गए एक ऐसा पल जिसे छूने की चाह उन्हें दिन रात के फासले को खत्म कर दिया होगा कुछ ऐसा रहा होगा काम्बली इस मोकाम की विराटता को महसूस करने में चूकते दिखाई दे रहे थे मैं आज भी इस सवाल के जवाब को जितनी बार ढूंढने का प्रयास करता हूं उतनी ही सटीकता से उस जवाब या उसका जवाब मेरे सामने आता है 21 साल बाद भी इसका सच मुझे मालूम नहीं हो पाता लेकिन सवाल का तो जवाब होता है मुझे जवाब एक मिलता है आखिर उस दिन कांबली पहली बार टेस्ट क्रिकेट में तीन अंकों में पहुंचे तो दूसरे छोर पर सचिन तेंदुलकर थे आप सभी जानते हैं उन्हें क्रिकेट का भगवान के रूप में जाना जाता है कांबली के हिस्से की क्रिकेट में हर बार मौजूद रहे तेंदुलकर आज भी दूसरी छोर पर खड़े थे शारदा आश्रम स्कूल से लेकर मुंबई की रणजी टीम और भारत के लिए तेंदुलकर की छाया में ही विनोद कांबली अपना सफर तय करते रहे कांबली के इस लम्हे से पहले ही तेंदुलकर को क्रिकेट की दुनिया में एक नए पायदान पर काबिज कर दिया था उनमें ब्रेडमैन की झलक दिखाई दे रही थी सभी को क्रिकेट के बाजार में तंदुलकर को एक ब्रांड के रूप में तब्दील कर दिया था शायद इसीलिए दोस्ताना दौड़ में खेल के मैदान में भी कांबली अपनी नई मंजिल पर पहुंचकर भी कहीं पीछे छोड़ते नजर आ रहे फिर चौथे दिन कांबली ने अपने कैरियर का पहला दौरा शतक पूरा किया आज दूसरे छोर पर तेंडुलकर मौजूद नहीं थे कांबली अब अपने लम्हे को खुलकर जी रहे थे शायद वो तेंदुलकर के लेजेंड की छाया से बाहर आ रहे थे इस हद तक कि उन्होंने सिर्फ टंडुलकर से पहले क्रिकेट में दोहरा शतक पूरा कर डाला बल्कि दिल्ली में जिम्बाब्वे के खिलाफ इसी कामयाबी को दोहराते हुए टेस्ट क्रिकेट इतिहास में डॉन ब्रेडमैन और लेन हटन के बराबरी पर जा खड़े हुए यानी लगातार दो मैचों में दो दोहरे शतक तो कहीं ना कहीं ये जो छोटा सा एक लम्हा है छोटा सा एक जो घटना है ये कहीं ना कहीं हमें ये दर्शाने का एक प्रयास है या फिर मैं कहूं तो आप लोगों के साथ मैंने इसीलिए शेयर की है कि आप जब अपनी कामयाबी की सीढ़ियों को चढ़ना शुरू करें या जब आप मेहनत करनी शुरू करें तो आप कम से कम ये जरूर भूल जाए कि आप किसके सामने खड़े हैं यानी कि हमें भी सिखाया गया है हमने उस चीज को फॉलो भी करने का पूरा प्रयास किया है कि जब आप बोलें तो सामने वाला आपसे ऊपर नहीं है जो आपको सुन रहा है आप इस फीलिंग को जितना अपने अंदर ढालने की कोशिश करेंगे आप उतने ही अच्छे वक्ता प्रेजेंटर बनते चले जाएंगे आप भूल जाएं एक क्षण के लिए कि आप किसके साथ बैठे हुए आप अपने मन की बात खुलकर करें अपने मन को जितना आप खोलने का प्रयास करेंगे आप अपने जिंदगी में उतना ही सुखद महसूस करेंगे अपनी जिंदगी को खुशहाल महसूस करेंगे धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से ये चीज आपको आ जाएगी इसी तरह के और भी लम्हे जीने का हम लगातार प्रयास करेंगे जैसे जैसे मौका मिलता रहेगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आपको ये लम्हा सुनते समय कैसा महसूस हुआ और आप अपनी लाइफ जीने में इस लम्हे को किस प्रकार सहायक समझते आप सबका दिल से धन्यवाद